नमस्कार स्वागत अभिनंदन और आप सभी दर्शकों को क्रिसमस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ दर्शकों 25 दिसंबर का राशिफल क्या कुछ लेकर के आया है क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति चल रही है इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है बहुत शुभत्व नहीं चल रही है छह ग्रहों के योग बनने वाले हैं और चंद्रदेव भी आज जो है शाम को चार बजकर सोलह मिनट पर अभी तक तो नीच राशि वृश्चिक राशि में है उसके बाद धनु राशि में मूव करेंगे वहां पर ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं केतु बैठे हुए हैं शनि है वहां पर सूर्य है वहां पर और चंद्रदेव भी वहां पर पहुंच रहे हैं शुक्र हैं तो तमाम कुछ स्थितियाँ क्या कुछ रहेंगी इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ आज का पंचांग क्या कहता है मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुभत्व तो उपाय क्या होंगे इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दिल्ली आगमन हमारा हो रहा है तो जो दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे आकर के मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सख्त पौष मास चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छः मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच 15 मिनट पर अच्छा दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे हमारा जो पंचांग चतुर्दशी तिथि रहेगी चतुर्दशी को सहद का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मा व्यवस्था में लिखा हुआ उसके बाद जो अमावस्या तिथि लग जाएगी अब देखिए अमावस्त तिथि जो रहेगी अमावस्त तिथि में क्या क्या होता है क्या क्या करना चाहिए तो अमावस्या तिथि में बेसिकली ये ग्यारह बजकर सत्रह मिनट के बाद लगेगी जो है तो कोशिश कीजिएगा जो रेड कलर के साग होते हैं वो नहीं खाना चाहिए सफेद तिल नहीं खाना चाहिए किसी भी प्रकार के जो है व्यसन का कार्य नहीं करना चाहिए मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए साथ ही साथ दर्शकों कासे के पात्र में भी सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्रों में मनाही है इसकी ब्रह्मा पुराण में साफ साफ लिखा है कि इन चीजों का सेवन तो कदापि नहीं करना चाहिए नक्षत्र की बात करते हैं तो गंडमूल नक्षत्र दोनों है ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा उसके उपरांत मूल नक्षत्र रहेगा और करण की बात करते हैं तो पहला करण रहेगा ये रहेगा शकुनी उसके बाद चतुष्पाद और फिर नाग करण रहेगा योग की बात कर लेते हैं तो गंड योग और वृद्धि योग रहेंगे शुभ काल पर आ जाते हैं आज का शुभ काल क्या रहेगा तो देखिए दर्शकों यदि आपको कोई विशेष कार्य आज करना है तो प्रातः आठ बजे से लेकर के नौ बजकर तैंतीस मिनट का समय अच्छा रहेगा इनमें आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं राहु काल की बात कर लेते हैं तो बुधवार का जो राहु काल रहेगा बारह बजकर छः मिनट दोपहर से लेकर के एक बजकर तेईस मिनट तक की रहेगा इनमें शुभ कार्यों का जो है प्रयोग वर्जित है नहीं करना चाहिए सूर्यदेव की बात करते हैं धनुराशि में चलाए माने चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में रहेंगे शाम को चार बजकर इकतालीस मिनट तक की उसके बाद धनुराशि में संचरण करेंगे दिशा की बात करते हैं बुधवार दिन रहेगा देखिए पंचांग बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको सुनना चाहिए उत्तर दिशा की ओर बेसिकली दिशा सूल रहता है बुधवार को कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि उत्तर दिशा में आपको ना जाना पड़े तो बेहतर रहेगा लेकिन फिर भी यदि किन्हीं कारणवश आपको जाना पड़ता है तो आप करेंगे क्या तो सीधा सा आपको करना ये रहेगा कि आप पिस्ता का सेवन इलायची का सेवन तिल का सेवन इत्यादि करके दक्षिण दिशा की ओर चार पक पहले जाइए उसके बाद फिर उत्तर दिशा में यात्रा करिए प्रस्थान करिए प्रिय दर्शकों आप सभी लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक के अनुसार आपका राशिफल हमारे इस चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग देख सकते हैं जो भी प्रिडिक्शन किए हैं की हैं है, वो भी हमारे चैनल पर पढ़ चुकी है जो ग्रहों के गोचर है मेजर राशि परिवर्तन है ये सभी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा कर के देखिए इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक चीज और है कैरियर राशिफल कैरियर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कैरियर राशिफल 2020 हज़ार से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हमारे इस चैनल पर पड़ा है आप लोग जा के देख सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके शहरों में हम आते हैं आप लोग आ के हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं साथ ही साथ टेलीफोन कॉल के माध्यम से भी आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण सकते हैं। तो तो तो मेष मेष से लेकर के के के मीन राशि राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा रहेगा आज आज का जो है दिन तो की तो दिन की ओर चलते आपका अच्छा रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आज अच्छा रहेगा आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे प्रदर्शन करेंगे आज आपको किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है हालांकि जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें बृहस्पति जब तक अस्त रहते हैं तब तक जो है कोई शुभ कार्य नहीं होता है लेकिन मांगलिक कार्य का मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं शादी ब्याह हो तभी देखा जाए हो सकता है आप किसी के यहाँ क्रिसमस का पर्व है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं तो मेहनत से आज आपको आपके काम में सफलता मिलेगी मेष राशि के जातक हैं कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो किसी नई जो है आप गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका मिलेगा आज बड़े बुजुर्गों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा अपनी ज़िम्मेदारियों को आज आप लोग अच्छे से निभाएंगे दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत काम आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज शिवलिंग पर आप लोग जलार्पण करिए जल अभिषेक करिए जिससे आपके तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तो वृषभ ब्रासी क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज वृषभ राशि वालों का दिन अनुकूल रहेगा आज बच्चे आपको कोई शुभ समाचार दे सकते हैं जिससे परिवार के सभी सदस्य खुश रहेंगे सेहत के मामलों में आज खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे आज, आज आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा किसी रचनात्मक कार्य में आज, आज आपका नाम होगा आपको प्रसिद्धि मिलेगी आपके मन की इच्छा पूरी होगी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज आप कोई नए और ठोस कदम उठाएंगे जिसमें कई हद तक की आज आप लोग सफल होंगे आज आपको आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त होती हुई आपकी सकारात्मक सोच आज आज आपको लाभ दिलाएगी। यदि कन्या तो यदि कन्या हैं हैं, आप लोग और की तो शादी नहीं हो रही है, रुकावट आ रही है तो कोई ना कोई जो है आपके जो है मतलब ऐसे किस्मत साथ देगी कि विवाह का कोई रिश्ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए कि एक बीसा यंत्र आता है कहते हैं बीसा के बारे में जिसके पासा उस पर कृपा करें जगदीशा अर्थात जगदीश भगवान विष्णु को कहते हैं तो बीसा यंत्र आप लोग नेट से देख लीजिएगा बना लीजिएगा या मार्केट से आप लोग ताम पत्र पत्र पर जो बना होता है वो आप लोग ले सकते हैं और उसका आज आप लोग विधि विधान से पूजन करिए साथ ही साथ बुधवार दिन रहेगा तो आज गणपति का एक पाठ आपको करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक सात जैमिनी मिथुन राशि के जात आज आपका दिन पूर्व दिनों की अपेक्षा ठीक रहेगा लेकिन एवरेज ही रहेगा आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की आज कोशिश कर सकते हैं खास करके स्टूडेंट्स को आज शिक्षकों का सपोर्ट प्राप्त होगा आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएँ कुछ बढ़ेंगी हर कोई आज आपकी बातों से प्रभावित होगा आपको अपनी मनपसंद कंपनी में आज कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है कोई नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियाँ आज आपको मिल सकती हैं धार्मिक कार्यों में आज आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं रुचि कर सकते हैं साथ ही साथ आज किसी धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन का हिस्सा भी आप बन सकते हैं कोशिश कीजिएगा एक मंत्र है ओम जूम इस मंत्र का 108 बार यदि आज आप जाप करते हैं तो सबसे पहले तो वाद बात विवादों से बचे रहेंगे दूसरा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो कर्क राशि के जाप आज आपका दिन एवरेज रहेगा ठीक ठाक रहेगा आज आप ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताते हुए एक्सपेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके लिए कोई फैसला करना कठिन हो सकता है आपका पैसा आज कहीं रुक रुक सकता है फंस सकता है आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं ऑफिस में आज काम ज़्यादा रहेगा आज आपको उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपको गलत राह पर ले जाने की सोचते हैं आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है गणेश चालीसा का पाठ करिएगा साथ ही साथ यदि हो सके तो एक तांबूल मीठा पान भगवान गणपति को जरूर चढ़ाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो वहीं सिंह राशि के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा काफी अच्छा रहेगा घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं जिससे घर के माहौल में सकारात्मक और कुछ अच्छे बदलाव भी होंगे आज आपको किसी भी बात विवाद से बचने की जरूरत है यहाँ पर दोस्तों किसी से बातचीत करते समय आपको अपनी वाड़ी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं सिंह राशि के हैं और इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो आज आपके लिए दिन आपके मन अनुकूल होगा जो सोचेंगे जैसा सोचेंगे आज आपके साथ वो होगा आज, आज आपके आज आपको अपने मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त होगी आज, आज आपको प्राउड यानी कि गर्व की अनुभूति होगी आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि विकलांगों को कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा जिससे आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज आपके लिए नीला रंग और शुभ अंक रहेगा पाँच कन्या राशि के जातकों आज आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी जो कि आप अच्छे से संभाल लेंगे दोस्तों की मदद से आज, आज आपके काम की प्लानिंग सफल होगी साथ ही काम करने वाले लोगों से आज, आज आपको मदद मिलेगी अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा ऑफिस में बहुत दिनों से रुके आ रहे काम आज आसानी से आपके पूरे होंगे आज का दिन कम मेहनत में ज्यादा फल दिलाने वाला होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो एक सुंदर कांड की चौपाई है कि विश्व भरड़ पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई इसका आप लोग एक बार पाठ करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो चंदन का तिलक लगा करके घर से बाहर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तुला राशि पर आगे बढ़े लेकिन दर्शकों प्लीज आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये जो कमेंट रूपी महासागर है इसमें जय श्री राम की लहरें उठनी चाहिए तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज जय श्री राम आप लोग कमेंट जरूर कीजिए तुला राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य से बेहतर बीतेगा आपको किसी भी काम को करते समय अपना मन आज शांत रखना पड़ेगा आपका काम इससे आसानी से, से पूरा होगा पैसों से जुड़े हुए कोई बहुत बड़े जो फैसले हैं इसको सोच समझकर आपको लेना रहेगा किसी पुरानी बात को लेकर के आप तनाव की स्थिति में आज आ सकते हैं कोर्ट कचहरी के मामले में आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा किसी भी प्रोटेस्ट में आज आप लोग सम्मिलित मत हुईगा अन्यथा बड़ी दिक्कत हो सकती है आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है तो आपको इससे बचना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग अपने रात में जब सोएंगे सिरहाने एक पात्र में जल रखिएगा अगले दिन उस जल को घर के बाहर निकाल दीजिएगा और किसी पंछी के लिए उसको जो है डाल दीजिएगा दूसरा उपाय कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ और इलायची का सेवन करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन उत्तम रहेगा खासकर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ शुभ समाचार आपको मिल सकता है आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी आज आप लोग दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताएंगे जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके कामों की आज प्रेज़ हो सकती है प्रशंसा हो सकती है अचानक कहीं बाहर जाने के योग बन रहे हैं किसी खास व्यक्ति का सहयोग आज आपको मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो जल में लाल कुमकुम डालिए कुछ चावल के दाने डालिए और भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक धनु राशि क्योंकि आप ही के राशि में आज जो है चहलकर्मी होने वाली है तो धनु राशि वाले आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा किसी व्यक्ति से आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है क्योंकि लग्न में बैठा जुपिटर पंचम दृष्टि फिफ्थ हाउस को दे रहा है पंचम स्थान विद्या का बुद्धि का प्यार के मामलों का होता है तो आज विद्या गेन करेंगे बुद्धि आपको आएगी संतान की तरफ से कोई आपको गुड न्यूज मिलेगी आज आपको अपनी मेहनत का आपको फल मिलेगा किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है क्योंकि लग्न में बैठा बृहस्पति नवम दृष्टि जो है ये भाग्य के घर को भी दे रहा है तो एवरेज रहेगा ठीक ठाक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा गायत्री मंत्र का आज आप लोग 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों लेकिन प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि लाइक कीजिए कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और आके आप लोग हमसे दिल्ली में भी मिल सकते हैं मकर राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आज आप अपने व्यवहार को निखारने की कोशिश करेंगे आज आपके कुछ कामों में थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है वैसे मकर राशि के जात आप लोगों के लिए करियर राशिफल दो भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग हमारे चैनल पर जा करके विजिट करके देख सकते हैं। वार्षिक राशिफल भी आप लोगों के लिए हुआ अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करनी लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा आज के दिन कोशिश कीजिए शिवलिंग पर कनक कनक का मतलब होता है स्वर्ण भी और कनक का मतलब होता है धतूरा भी तो आज आप लोग भगवान भोलेनाथ पर धतुरा अर्पित करिए और गंगा जल से अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय मंत्र से दिन आपका अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जात क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज का दिन साहब आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है आज प्रातः काल से यात्राओं का योग बन रहा है साथ ही साथ आज ऑफिस में आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप लोग अपनी योजनाएं जो बनाएंगे उसमें दूसरों की जो सहमति है वो प्राप्त होगी लवमेट के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है इसके साथ साथ कुंभ राशि के जात आज के दिन किसी धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो हमारे कुंभ राशि के जातक इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट आप लोग लाइक कीजिए आप लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है साथ ही साथ आ, करियर राशिफल 2020 भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कुंभ राशि के जातक जो कोई नौकरी की तलाश में है इनको आज किसी नए रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं कोई नई नौकरी मिल सकती नई जॉब इत्यादि भी मिल सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभराश के जातकों को तो आज आपको प्रयास करना रहेगा दुर्गा जी के 32 नामों का आप लोगों को जाप करना रहेगा साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले गुड़ का सेवन करके जरूर निकलिएगा शुभ कलर रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों जो लोग व्यापारी हैं इनको आज आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष पहले के अपेक्षा काफ़ी अधिक मजबूत रहेगा पैसों की स्थिति में कुछ मेजर ट्रांजिट आने वाले हैं साथ ही साथ आज प्रातः काल से यात्राओं के योग हैं कुछ विवाह की खरीदारी में आज, आज आप जा सकते हैं जिससे आज पैसों के एक्सपेंसिज आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे शाम तक की कोई गुड न्यूज़ मिलने से मीन राशि के जातकों को कोई जो है मतलब खुशी के पल बहुत तगड़े आएंगे साथ ही साथ जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर के असहमति हो सकती है और आज बच्चों के लिए अच्छा दिन है बच्चों के साथ आप लोग कहीं पिकनिक पर या बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो मीन राशि के जात को आज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा आठ तो तो ये तो था हमारा से लेकर के मीन राशि के जातकों का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष आप लोग जरूर कीजिए तो दर्शकों पुनः आप लोगों से विदा लेते हुए और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा साथ ही साथ हमारा वार्षिक राशिफल दो हजार राशिफल दो अंक ज्योतिष राशिफल दो भी देख लिया होगा दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में साथ ही साथ एक बार फिर पुनः आप सभी लोगों को क्रिसमस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं जय हिंद वंदे माता